दोस्तों एक स्विम पूल के अंदर लोग अक्सर पेशाव कर दिया करते जिसके वजह से स्विम पूल का मालिक काफी परेशान था नौकियों तो ऐसी स्विम पूल का पानी बार बार खाली कर दोबारा भरना पड़ता था और ऐसा करने से पानी की बर्बादी होती थी जिसके बाद स्विम पूल का मालिक लोगों को सबक सिखाने के लिए स्विम पूल के अंदर एक ऐसा केमिकल डाल देता है जिसके बाद पूल में पेशाब करने वाले की हालत खराब होना तय थी अगले दिन जैसे कोई पूल में पेशाव करता पेशाब केमिकल के साथ रिएक्ट होकर नीले रंग में बदल जाता और सभी लोग उससे दूर भागने लगते